ओके okay, जी तो प्रिव सेशन के अंदर आपने देखा कि हमने क्यूरीज़ के थ्रू किस तरह किसी भी स्पेसिफिक एसक्यूल सर्वर टेबल को हमने प्राइमरी की अप्लाई की और उसको किस तरह से रिमूव किया लेकिन अगर आप यही काम करना चाहते हो डेटाबेस डिज़ाइनर के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू तो वो भी पॉसिबल है और वो ईजिली परफार्म कर सकते हैं अब आपने जिस तरह के डेटाबेस में वो नंबर ऑफ टेबल्स बनाई हैं या जो नंबर ऑफ टेबल्स के ऊपर आपको प्राइमरी की अप्लाई करनी किसी कॉलम पे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस डेटाबेस में जाना पड़ेगा अब मेरे पास डेटाबेस का नाम है डेमो वन टू थ्री अब उसके डायग्राम्स के ऊपर राइट right क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस डायग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है हमें अच्छा जी आप इसको येस yes कर देंगे और अभी हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर एक ही टैबल है तो इसको क्या कर देना है जी एड कर देना अब एड करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो नंबर ऑफ टेबल्स जो आपकी बाकी टेबल्स भी होंगी तो आप उनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हमारे पास एक ही टेबल है जो आपको शो हो रहा है अब इस पर कोई प्राइमरी की नहीं है जो हमने लास्ट हटा दी थी अगर आप यहाँ पर आके देखना भी चाहें तो इस पर कोई प्राइमरी की नहीं लगी हुई तो इसको अगर अप्लाई करना है तो स्पेसिफिक कॉलम उस टेबल का सिलेक्ट करना है राइट right क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है सेट प्राइमरी की ये करने के बाद आपको एक बार इस क्लोज पे क्लिक करना और यस yes कर देना क्योंकि डायग्राम अगर आप सेव नहीं करेंगे तो प्राइमरी की अप्लाई नहीं होगी अब अगर आप टेबल के ऊपर जाके रिफ़्रेश करेंगे कॉलम्स के ऊपर जाएंगे तो अब आप देख सकेंगे कि उसके ऊपर एक प्राइमरी की अप्लाई हो चुकी और उसका एक स्पेसिफिक कंस्टेंट नेम भी डिफाइन हो चुका है अब इस तरह से जैसे हमने इसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई की अगर आप उसको रिमूव भी करना चाहते हैं तो आपको वापस डेटाबेस के डायग्राम के ऊपर क्लिक करना है और उस टेबल को एड करना है अब देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक प्राइमरी की अप्लाई है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं उसी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर क्लिक करें राइट right क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ही नज़र आ रहा होगा रिमूव प्राइमरी की तो आप फिर से जैसे ही इसके ऊपर रिमूव प्राइमरी की क्लिक करेंगे और फिर से इस डायग्राम को क्लोज़ करने के बाद येस पे क्लिक करना है तो ये सेव कर देगा अब आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जिस टेबल पे आपने प्राइमरी की अप्लाई की उसी टेबल के उस कॉलम से वो की अब हट चुकी है तो आप डेटाबेस डायग्राम्स के थ्रू भी स्पेसिफिक टेबल की कोई प्राइमरी की हटा भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो